नहीं है देखा होगा तो मैं आप बनाने वाला हूँ कॉन चाइनीजियंट लगेंगे तो अब जैसे की आप लोग देख रहे हो गए पे हम लोग ने थोड़ा सा पत्ता गोभी लिया हुआ है थोड़ा सा हम लोग ने कैरेट लिया हुआ है थोड़ा सा हम लोग ने अनियन लिया हुआ है चार पाँच ग्रीन चिलीज लिया हुआ है सिमला मिर्ची लिया हुआ है थोड़े से बीन्स लिए हुए हैं ठीक है ये हम लोग की जो चाइनीज में एज यूजल पढ़ता हूँ हम लोगों को मेन इम्पॉर्टेंट हम लोगों को कौन लेना है कौन कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता हूँ कौन को क्या करना है पहले जो नॉर्मल कॉन्स आते हैं जो नरम वाले वो कौन को हल्का हल्का निकालना है एंड आफ्टर डैट इसको हम लोगों को पानी में बॉयल करना है पानी में बॉयल ऐसे करना है कि एकदम गल जाए फिर आप लोग फ्रिल्टर स्टोर नहीं कर सकते हो या उसके डायरेक्टली बात कर सकते हो लेकिन थोड़ा टाइम फ्रिल्टर स्टोर करना है बिकॉज क्या होता है जब हम लोग उबाल के रखते हैं तो उसका जो थोड़ा बहुत वाटर ना इनसाइड होता है तो वो हम लोग जैसे सब पेस्ट बनाएंगे बिकॉज हम लोग चिल्ली पनीर भी तरह इसको हम लोग को डीप फ्राई करना पड़ता है ऑयल में ओके तो इसका डीप फ्राई कैसे करना है वो प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करते हैं क्विकली ओके कम सो so, उसके लिए हम लोगों को कौनफा चाहिए एज़ यूजल चाइनीज फूड के लिए कॉन्फ्ला चाहिए होता है तो मेरे मुझे भी यूज़ करूँगी मैं भी यूज़ करूँगा इसमें कौनफा जो होगा थ्री टी स्पून ध्यान से और इसमें मैदा भी लेना है? हम, लोगों को। तो मैदा थोड़ा ले इसमें हम लोग मेन इम्पोर्टेंट नमक ऐड करेंगे नमक आराम से ऐड करना क्योंकि हम लोग चाइनीज में बाद में भी नमक ऐड कर सकते हैं कोई जल्दबाजी नहीं है ठीक है ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हो लेकिन मुझे थोड़ा कड़वा इतना पसंद नहीं है तो ब्लैक पेपर मैं ऐड नहीं कर रहा अभी ये सिर्फ सिंपली ऐसा मिक्स करना है हल्का सा वाटर डाल के फिर हम लोग इसको सिंपली क्या करेंगे फ्राई करेंगे तो मिलते हैं फ्राई करने के बाद आप लोग जैसे कि देख रहे हो हल्का हल्का मैं पानी ऐड कर रहा हूँ इसमें जिससे कि ये और क्रिस्पी रहे तो मैं जब छानने लगूँगा फिर आप लोग को दिखाता हूँ देख लीजिए इससे ज़्यादा ही कौन कौन ही ऐड कर देना जिससे आप लोगों का एकदम कॉर्नफ्ला कॉर्नफ्ला जैसा टेस्ट नहीं आना चाहिए ओके हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं, हम लोग इसको फ्राई करना तो हम लोग देख रहे हम लोग सिंपली मिक्स किए, अभी देखो ये एक ट्रिक है जो हर होटल वाला ये करता है इसके ऊपर रखोगे तो आप लोग का कुछ चीज ज्यादा ये नहीं होगा अभी सिंपली मुझे क्या करना है देख रहे हो आप लोग मैं फ्राई करूँगा फ्राई करके निकालूंगा ओके फ्राई करने के बाद मैं आप लोगों को मिलता हूँ ओके आप लोग जैसे कि देख रहे हो गई ये अच्छे से फ्राई हो रहा है थोड़ा और फ्राई करने के कर बाद इसको मैं निकालूंगा और आगे का प्रोसेस स्टार्ट करूँगा दोस्तों ये फ्राई हो चुका है हम लोग को इतने फ्राई करना है एकदम क्रिस्पी है तो मैं सिंपली धीरे धीरे करके निकाल के एक पैन में स्टोर करूँगा अच्छे से आपको छानना है ज़्यादा इसमें ऑयल ना लगा रहे तो निकाल निकाल लेता हूँ फटाफट तो मैं इसको छान चुका हूँ और यहाँ पे रख रहा स्लोली स्लोली ओके ऐसे हम लोग आराम से निकालना है इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी तेल में रहना चाहिए लग रहा होगा कि पूरा एकदम तेल ऐसा सोप लेगा ऐसा नहीं अगर बो कौला लगाओगे बिल्कुल भी तेल ऐसे डायरेक्टली ये नहीं करेगा कढ़ाई में लोग तेल देखा ही जा आप नहीं नहीं था आपको, तो तो आप लोगों तो तो? so, लो लो ने लेकिन कितना डाल अभी भी कढ़ाई में तेल है आपको इसको छान के निकाल लेना ठीक है हम लोग ने फ्राइड कर लिया हमारा कॉन्स जैसे की मैंने बताया था हम लोग अपने मसाले रेडी हो गए हमने अपना थोड़ा सा सॉसेस भी ले लिया है और थोड़ा हमें बता दिया था कौन से कौन से सॉस रिक्वाड बेसिकली तो जितने sauce होता है वो सारे हम लोग like, uh, uh, uh, थोड़ा सा होने जा रहा है अच्छा है ठीक फ्ट हीट होने के बाद हम लोगों को इसमें ऑयल ऐड करना है जैसे कि मेरा पेट थोड़ा और गर्म ही है फिर ऐसे डालना है तो जैसे कि आप लोगों को फ्लेम लो कर दिया हुआ है अभी मैं स्टार्ट करता हूँ इसमें थोड़ा सा जिंजर और थोड़ा सा डाल ले लिया आप लोग देख रहे पटाखे दर आवाज आ रही है सिमलर मैंने हम लोग को स्लोली स्लोली जाना है सब चीज़ के ज़रिए ज़्यादा लेट करेंगे जल जाएगा और हम लोग को लगाना कुछ भी नहीं है ठीक है और अच्छा स्मेल आ रहा है फ्लेम हम लोग ऐसे ही बनाना है और कर लेना है ठीक है फ्लेमिंग का जो स्मेल है ना बहुत अच्छा है अगर इसी मैनर में आप रूक करोगे अगर अदरक आप लोग लेट डालोगे तो वो स्मेल आएगा नहीं तो जो चाइनीज का फ्लेम आता है ना अगर अदरक आप बाद में डालोगे तो सब्जी जैसा स्मेल आएगा जो हम लोग को नहीं चाहिए ओके? तो हम लोग इसको चलाते रहेंगे वैसे भी ये गया है। अभी हम लोग को इसमें हल्का तो अल्का तो हमारे सॉसेस डाल मैंने फ्लेम स्लो करके रखा हुआ डार्क ग्रीन चिली रेड चिली सॉस इसका जो ये रहेगा क्वांटिटी रहेगा वो एक टीस्पून आपको डालना है और हमारा फेवरेट सेजवान सॉस जी शेजवान सॉस कोई तो स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है जो आप लोग को पसंद है वो आप लोग यूज़ कर सकते हो अभी ग्रीन फिर से हाई देख रहे हो आप लोगों तो। फ्लेम स्लो कर लेंगे हल्का सा पानी का छिट्टा मारेंगे हल्का सा पानी का छिट्टा इसमें जाएगा थोड़ा सा ब्लैक पीपर क्योंकि तो मैंने पहले से ही करके रखा है सोटे करके रखा होगा थोड़ा सा जीरो जाएगा हाफ टीस्पून पकड़ लीजिए हम लोगों को डालना है डैनस के बाद हम लोग को ऐड करना है हमारे कॉर्नस ये आप लोग देखिएगा पहले यहां पर फ्लेम भी देख लो यहां पे कुछ जला वाला नहीं है और आप लोगों को भी जलाना नहीं है नहीं फिर बताना मत आप लोग जलाओगे टेस्ट नहीं आएगा फिर बोले हो भी तो जैसे कि मैं कॉर्नस ऐड कर रहा हूं ये मैंने कॉर्नस ऐड कर लिए हैं इसको हम लोग सिंपली मिक्स करेंगे और आपको हम फाइनल टेक्सचर बताएंगे कैसा आता है इसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं ऐड करना है सिर्फ सिंपली इसको अच्छे से हम लोग को मिक्स करना है तो ये ऐसा कलर चेंज होगा ना इसका तो आप लोग भी बोलोगे कि हां ये ने आपने क्या ऐड किया जो इसका कलर इतना चेंज हो गया तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगा ठीक तो है दोनों भी के फाइनल टेक्सचर और इसका लुकिंग कैसा है वो भी जानते हैं इसका नाम डालना भूलना मत ओके ऐसे ही खाना बनाते रहो और खाओ बनाओ फैमिली पे ऐड होते रहो इस फैमिली को बहुत बड़ा बनाना है सब्सक्राइब करना भूलना मत अगर आप। ये पूरा रेडी है करेंगे आप लोग देख रहे होंगे दम ये फर्स्ट क्लास रेडी है तो हम रेक करेंगे वन करेंगे हम लोग प्लेटिंग टेस्टी बहुत है और आप लोग भी बनाइए और आप लोग भी खाइए ओके थैंक यू सो मच एंड टेक केयर